प्रिय दर्शकों, नमस्कार

स्वागत है चौबीस अप्रैल के दैनिक राशिफल में हमारा प्रस्तुत राशि के के आधार पर आधारित है तो हमारा शास्त्र कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता भी मत करिए कई दर्शकों के हमारे प्रश्न होते हैं कि पंडित जी आपका राशिफल किस पर आधारित है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा राशिफल चंद्रमा को मानक मान करके आपकी जो चंद्र राशि है चंद्र

आपकी कुंडली के जिस घर में बैठे उसको मानक मान करके बनाया गया है आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि 20 से 26 मई गुजरात हमारा जो है कार्यक्रम लगा हुआ है तो इच्छुक दर्शक जो हैं गुजरात से जो लोग हैं वो लोग हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं शुल्क के साथ ही सुविधा है

दर्शकों आगे पंचांग की ओर बढ़ते हैं विक्रम संवत दो हज़ार संवत 1941 और इस समय जो संवत्सर चल रहा है ये परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है उत्तरायण है और बैसाख मास है और चैत्र कृष्ण पक्ष है और जो चैत्र कृष्ण पक्ष की तिथि रहेगी ये पंचमी तिथि सुबह ग्यारह बजकर तैंतीस मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत षष्ठी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा मूल और उसके उपरांत पूर्वा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा परिघ उसके उपरांत सुयोग रहेगा करण रहेगा तैतीस इसके उपरांत गरकरण रहेगा

और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा ये धनु राशि में चंद्रदेव का गोचर रहेगा सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर सत्तावन मिनट पर और सूर्यास्त की बात करें तो शाम को होगा छः बजकर सैंतालीस मिनट पर राहुकाल शुभ और अशुभ के लिए जाना जाता है तो राहु काल में किसी भी शुभ कार्यों को मत करिएगा दोपहर तो बारह बजे से डेढ़ बजे का जो बुधवार का राहुकाल है ये होता है शुभ मुहूर्त की बात बता दें आप इस दौरान शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो आपको जो शुभ कार्य करना है ये ग्यारह से

और ग्यारह बजकर पचपन मिनट के बीच में आपको शुभ कार्यों को करना है दिशा की बात करें तो बुधवार दिन रहेगा बुधवार को देखिए दर्शकों उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे तो आप पिस्ता खा लीजिए धनिया खा लीजिए या आप तिल से बनी हुई सफ़ेद तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु खा सकते हैं पंचमी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि बिलफल नहीं खाना चाहिए षठी तिथि जो होती है इसमें किसी भी प्रकार की तेल की मालिश अपने शरीर पर अपने बॉडी में बिल्कुल भी मत करवाइएगा

तो दर्शकों ये सब जो चीजें हम बताते हैं शास्त्रोक्त है शास्त्रों में इन सब चीजों की देखिए जो मनाही होती है वही हम बताते हैं आपको चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बुढ़ विद्या तथा रहस्यमय विषयों को जानने समझने के लिए रहेगा आज अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है और मध्यान्ह के बाद कोई नए कार्य आज आप प्रारंभ करते हुए नजर आएंगे स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है व्यवसायिक स्थल पर आज आपको संभल रहना है किसी

भी पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर आपको नजर बनाए रखनी तो मेहमान कोई नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं पर्यटन या प्रवास का आयोजन हो सकता है आज अपनी भाषा का दुरुपयोग न करिए अन्य किसी के साथ बात विवाद हो जाएगा हित शत्रुओं से सावधान रखने की सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य

का विशेष ध्यान वृषभ राशि के जातकों को रखना रहेगा कोई लंबी दूरी की आज यात्राएं आपकी हो सकती हैं घर पर कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन होता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा जी को जो है दूरभा और आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा यह रहेगा व्हाइट कलर सफेद रंग शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा मिथुन राशि की ओर चलते कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से तो बहुत अच्छा है और आपका स्वास्थ्य

रहेगा आज आपके ऑफिस में जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर

मित्रवत वातावरण रहेगा मित्रवत आपको सहयोग प्राप्त होगा मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का आज आयोजन होगा आज अपने मन के अनुरूप आप उत्तम भोजन करते हुए नजर आएंगे व्यवसायी वर्गों को आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आज कोई नया वाहन क्रय करते हुए नजर आएंगे मिथुन राशि के जातक संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता आपके मन में आज रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो जो मिथुन राशि के जातक हैं कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोग हरा चारा जरूर खिलाइए और शुभ कलर की आपके बात करें तो आज

आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आज आपका शुभ अंक रहेगा कर्क राशि की ओर वही बढ़ते हैं तो कर्क राशि के जातकों आज प्रतिकूलता में भी आप परिश्रम पूर्ण कार्य करेंगे और

आज अपने पेट को लेकर के विशेषकर ध्यान देना है क्योंकि पेट की व्याधि से संबंधित कोई समस्या हो सकती है मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे आज आपके ऑफिस में आपके फेवर में वातावरण रहेगा उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे कोई जो आपका पेंडिंग कार्य है अपूर्ण कार्य है ये पूर्ण होता हुआ आज नज़र आएगा इसके साथ साथ जो कर्क राशि के जातक हैं

यदि आज कोई आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है तो बहुत हद तक ही आपके फेवर में आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि गणपति या थर्म का आप लोग पाठ करिए और शुभ कलर की यदि हम आज आपके बात करें तो वाइट कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा

दर्शकों राशिफल में हमारी अगली राशि है सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आगे बढ़े उससे पहले देखिए दर्शकों बताना चाहेंगे हमने तमाम लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया है फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हों चाहे बीजेपी की कुंडली है आप लोग इस कुंडली को जा करके इसके विश्लेषण को आप लोग देख सकते हैं

तो सिंह राशि के जातकों आज का दिन ध्यान से चलने का दिन है शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव करेंगे साथ साथ परिवारजनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव होता हुआ नज़र आ रहा है धन की हानि होती हुई आ रही है नज़र यश भी आपके जो है धूमिल होगा आज

और आज धन संबंधित आयोजन यदि कोई कर रहे हैं कहीं पर आप कोई निवेश करने वाले हैं या कोई पर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इसमें आपको विशेष तौर पर जो है सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आज आपको अपने चीट करते हुए नजर आएंगे

तो अपने चीट करें इसके लिए क्या करें कोशिश कीजिएगा हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा और यदि हो सके तो आज गाय को गुड़ और रोटी आपको खिलाना रहेगा शुभ कलर की आपके बात करें तो रेड है शुभ अंक की बात करें तो पाँच अंक शुभ है कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए तो कन्या राशि के जातकों आज आपको लाभ और भाग्यवृद्धि का योग है मध्यान्ह के बाद आप कुछ चिंता चिंतित हो सकते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है निजी संबंधियों के साथ कोई आज

है, मन मुटाव होता हुआ जो है दिख रहा है कोई आपको अशुभ समाचार प्राप्त तो होगा जिससे आपका मन बहुत ज्यादा द्रवित होगा बहुत ज्यादा होगा इसके साथ साथ आज कोई परिवार में नए मेहमान का आगमन होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को कन्या राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग इलायची का अधिक से अधिक सेवन करिए और गणेश जी को सात इलायची आप लोग जरूर चढ़ाइए ओम गंगा गणपत नमा मंत्र से

ये आप लोग प्रयोग करिए आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो आज स्काई ब्लू कलर आपका शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा आठ

कन्या के बाद चलते हैं तुला राशि की तो तुला राशि के जातकों पारिवारिक झगड़े में वाड़ी पर आज आपको संयम रखना होगा नकारात्मक मानसिकता ना अपनाइए तो ठीक रहेगा मध्याह्न के बाद आज, आज आपके मन में ग्लानि जो छाई हुई है वो दूर होती हुई नजर आएगी आज नए कार्य करने के लिए आपका समय अच्छा रहेगा प्रतिस्पर्धियों के समक्ष आज, आज आपकी विजय प्राप्त होगी आज जो भी चीज आप जो भी टास्क आपको मिलेगा उसको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जात आज कोशिश करके

अपने से बड़ों के पैर चरण स्पर्श करिए और निकलने से पूर्व आज आप इलायची का सेवन करके तब अपने कार्यक्षेत्र पर निकलिए यदि कोई महिला मिले और अपंग हो तो उसको आज भरपेट भोजन कराइएगा

आपके लिए शुभ कलर की हम बात करें तो स्काई ब्लू कलर आपका भी शुभ रहेगा आज आपके लिए ब्राउन कलर भी शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका सर्वथा शुभ अंक आज के दिन रहेगा वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं तो परिवारजनों के साथ आनंदपूर्ण समय बीतेगा आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा

मध्याहन के बाद परिवार में झगड़े का वातावरण रहेगा इसीलिए मध्यान्ह के बाद जो समय है इसमें बहुत बचाव करने की आवश्यकता है अनावश्यक खर्चों पर आज आपको संयम शारीरिक स्वास्थ्य कुछ डाउन होता हुआ नजर आएगा कुछ गिरता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले सूर्यदेव को आज आपको अर्घ देना है और गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करना है आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो आज पर्पल कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो पाँच अंक शुभ रहेगा

राशि की ओर चलते हैं तो आज के दिन दुर्घटनाएं शल चिकित्सा से संभल कर सितारे यहाँ चलने की सलाह दे रहे हैं स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी संबंधियों के साथ भी अरुचिकर घटनाएं बनी रहेगी मध्याह्न के बाद शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे कोई नया आज आपके जो है लाइफ में जो है प्रवेश करता हुआ नजर आएगा फिर चाहे कोई नया दोस्त हो फिर चाहे कोई नया प्रेम संबंध आज आपका स्थापित हो जीवन साथी के साथ संबंध आज आपके मधुर बीतेंगे आज आपके अधिकतर काम बनते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या

धनुराश के जातकों को तो धनुराश के जातकों ओम गंग नमः मंत्र की एक माला का जाप करिए और यदि हो सके तो तुलसी जी के पौधे में आज, आज आपको जल चढ़ाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा सात

मकर राशि की ओर चलते हैं कैप्लीकोन की ओर चलते हैं तो आज का दिन व्यापार उद्योग के लिए और व्यवसायी व्यवसायिकों के व्यवसाय के लिए लाभदायी है सांसारिक जीवन में सुखद प्रसंग बनने से मन भी ए, सुखी रहेगा बातचीत करते समय कोई जो है किसी प्रकार की भ्रांति ना हो जाए इसका आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा आज के दिन विदेश से जो कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उनको कुछ हानि होती हुई दिख रही है हालाँकि शाम तक की कुछ आपको धन लाभ भी होगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा अन्यथा कोई दुर्घटना का भी योग दिखा रहा है अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज आप सजग रहिएगा उपाय क्या कर

रहेगा तो सूर्य नमस्कार आप लोगों को करना है और यदि हो सके तो अपने घर के दोनों और आज आपको बनाना रहेगा कुमकुम से और शुभ लाभ लिखना रहेगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक आपका शुभ अंक रहेगा वहीं कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन

लेकिन दर्शकों कुंभ राशि पर बने उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि सभी सम्मानित दर्शक आप लोग हैं तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया होगा बगल में जो बेल बना है उसको आपने ज़रूर दबाया होगा और 20 से 26 मई गुजरात जी हां अहमदाबाद सूरत और द्वारिका तो यहां पर हम आ रहे हैं इच्छुक दर्शक यदि यहीं से हैं या इसके आस के क्षेत्र से हैं तो आप लोग आ सकते हैं क्योंकि हम इतनी दूर से चल आ रहे हैं अगर थोड़ी दूरी है तो आप लोग भी चल आ सकते हैं

चलिए कुंभ राशि पर चलते हैं तो कुंभ राशि के जाट को आज व्यवसायिक क्षेत्र में आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिख रही है आज आपको कोई मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिख रहा है व्यवसाय या व्यापार में पदोन्नति होगी उच्च अधिकारी और आज आपके परिवार के लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे प्रसन्न होकर के आज कोई नया नया टास्क आपको मिल सकता है कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है आज यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ धन फंसा हुआ है तो आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है किसी को पैसा आज के दिन उधार मत दीजिएगा

उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि ओम गंगा नमः मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और यदि हो सके तो गणपति याथर्वशीर्ष का पाठ आज आप लोग अवश्य करिएगा दिन और भी अच्छा होगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए आपका जो है जो शुभ कलर रहेगा ये ब्राउन कलर रहेगा और कलर रहेगा शुभ अंग की वही बात करते हैं तो आपके लिए आज सात नंबर और चार नंबर सर्वथा शुभ रहेंगे अंतिम राशि मीन राशि पर चलते हैं

तो मीन राशि के जातको बौद्धिक तथा उससे संबंधित लेखन कार्य में आज आप सक्रिय रहेंगे नए कार्य का कोई प्रारंभ करते हुए नजर आएंगे विदेश में स्थित मित्र तथा आज जानने वालों से आपका मेलजोल रहेगा शरीर में आज आपके कुछ थकावट रहेगी और बहुत ज्यादा आज आप निस्तेज रहेंगे कोई कार्य में आपके आज विघ्न आ सकता है वहीं उच्चाधिकारी आज आपको कोई नया कार्य भी दे सकते हैं

धन लाभ का योग दिख रहा है खास करके जो लोग जो है लेखन शैली से जुड़े हैं शिक्षा से जुड़े हैं उनको आज कुछ नई जिम्मेदारी और धन लाभ होता हुआ इससे दिख रहा है संतान के प्रति आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे यदि

कोई रिजल्ट जो है आपका आने वाला है मीन राशि के जातकों तो वो आज बहुत हद तक की उम्मीद है कि आपके पक्ष में आएगा और कोई यदि इंटरव्यू में आज आप जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि सात इलायची अपने जेब में रख करके तब घर से निकलिएगा और हो सके तो आज आप लोग कुछ मीठा खा करके घर से तब जाइए

भगवान गणेश जी को आज आपको दुर्वा चढ़ाना रहेगा हल्दी में डिप करके तो ये प्रयोग करिए और इक्कीस दूर्बा चढ़ा दीजिए मंगणपते नवा मंत्र से अच्छा रहेगा चलिए दर्शकों शुभ कलर की ओर आ जाते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा येलो शुभ अंग की ओर आ जाते हैं तो आज आपका शुभ अंक रहेगा नौ

तो ये तो था हमारा मिन से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए क्योंकि ये जो बटन दिए रहते हैं सिम्बल दिए रहते हैं ये प्रयोग करने के लिए दिए रहते हैं जिस चीज़ का प्रयोग व्यक्ति नहीं करता है तो वो चीज़ उसके जो है शरीर से हटती जाती है आप लोगों को भी पता होगा कि पहले जो है जो मनुष्य था ये जल के अंदर भी जो है देख सकता था लेकिन जो है

प्रयोग में नहीं आया तो आंखों से वो जो है फला खट गई इसी प्रकार से YouTube है YouTube पे भी देखिए लाइक बना हुआ है डिसलाइक बना हुआ है शेयर बना हुआ है सब्सक्राइब बना हुआ है तो ये देखने के लिए तो बना नहीं है इसका आप लोग प्रयोग कर लीजिए तो बेहतर रहेगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हाँ आप लोग हमारी पुरानी वीडियो जो पड़ी हुई कुंडली विश्लेषण की उसको जा करके देख सकते हैं कि चुनाव दो कौन जीतेगा प्रोग्राम देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार राम राम